आज मैं आप लोगों को बतलाऊँगा कि इंसान आज क्या क्या बातें करता है मतलब ये जो बातें करता है ना ये जो सोचें हैं इसको बदलना चाहिए कभी हम गए थे तो वो एक इंसान कहता है कि के कैमरे की आंख देख रही है अब वो भूल गया कि के कैमरा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि मेरे भाई अल्लाह देख रहा ये कहना चाहिए हमें कि अल्लाह देख रहा है हजरत फ़ारूक का वाक़ है कि आपके ही ज़माने में मतलब आपके ही दौर खिलाफत में एक घर में एक औरत की आवाज़ आई कि दूध में पानी मिला दो दूध में पानी मिला दो उस औरत ने अपनी बच्ची से कहा कि दूध में पानी मिला लो हजरत उमर वहीं बगल में ही खड़े हुए छिप कर सुन रहे थे तो उस बच्ची ने कहा कि अमीरमिन मारेंगे तो उन्होंने कहा कि अमीरुल अमीरमिन अभी देख थोड़ी ना रहे तो कहा नहीं अल्लाह तो देख रहा है तो मेरे भाई हमें यही कहना चाहिए कैमरे की आँख आँख कुछ नहीं लोगों की आँख आँख लेकिन अल्लाह जरूर देख रहा है हम चाहे अच्छी बात कर रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं अल्लाह हर बात को सुन रहा है इसी तरीके से हम दूसरी चीज बोलते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं आप बताओ कि दीवारों के कान होते हैं नहीं होते हैं बस उसके पीछे लोग सुन रहे होते हैं तो दीवारों के कान नहीं होते लेकिन याद रखना वो आदमियों से ज्यादा अल्लाह हर बात को आपकी सुन रहा है अल्लाह हर बात आपकी सुन रहा है तो ये कहो कि अल्लाह हर बात सुन रहा है तीसरी चीज़ कहते हैं कमाओगे नहीं तो खाओगे कहाँ से याद रखना मेहनत करके कमाने वाला अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है अब इसी तरीके से बातें करते हैं कि छोटा ख़ानदान हो ज़िंदगी बहुत आसान है मेरे भाई तबक् सब्र कनात अल्लाह के चाहने से ही ज़िंदगी आसान है लेकिन इन चीज़ों पर हमें पहले आना पड़ेगा पहले तवक्ल फिर सब्र कनात और अल्लाह के चाहने से हमारी ज़िंदगी आसान है इसी तरीके से बात करते हैं कि पैसा है तो सब कुछ है पैसा है तो सब कुछ है बात लोगों के पास देखो पैसा है लेकिन सब कुछ नहीं है ईमान है मेरे भाई तो सब कुछ है बात हमें यह कहना चाहिए कि ईमान है तो सब कुछ है इसी तरीके से लोग कहते हैं कि पैसे से सारे काम बनते हैं भला पैसे से कहीं सारे काम बनते हैं मेरे भाई अल्लाह के चाहने से काम बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं अगर हमने पैसा मान लो किसी को दिया और हम सोच रहे हैं ये काम हो जाए लेकिन अल्लाह ने उसके दिल में बात मतलब उसके दिल में सख्त बना डाल दिया तो अब वो क्या करेगा पैसे लेकर भी वो काम नहीं करेगा इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि अल्लाह के चाहने से काम बनते हैं और बिगड़ते हैं इसी तरीके से लोग कहते हैं मैं अकेला अपने घर को चला रहा हूँ मतलब ऐसे समझते बहुत बड़े बो हैं मैं अकेला अपने घर को चला रहा हूँ नहीं मेरे भाई हमें कहना चाहिए मेरे और मेरे घर वालों को अल्लाह ही अपनी कुदरत से चला रहा है इसी तरीके से लोग बोलते रहते हैं कि ज़माना बड़ा ख़राब है ज़माना बड़ा ख़राब है यहाँ ना जाओ ज़माना बड़ा ख़राब है मेरे भाई ये भूल जाओ लोग ख़राब हैं ज़माना नहीं लोगों ने ही ज़माने को खराब कर रखा मतलब क्या लोग खराब हैं इसी तरीके से लोग बोलते रहते हैं कि झूठ के, के बगैर कारोबार नामुमकिन है मेरे भाई याद रखना सच के बगैर कारोबार और तिजारत में बरकत नहीं मेरे भाई सच करके अगर कारोबार और तजारत शुरू करोगे तो उसमें बरकत ही बरकत है इसी तरीके से लोग कहते रहते हैं दो दिन की ज़िंदगी है खूब एंजॉय कर ले सही बात है दो दिन की ज़िंदगी है खूब एंजॉय कर ले भूल गए क्या हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं हम इस दुनिया में इंजॉय करने आए हैं बाकी कहाँ जाएँगे ये दिन हमारे याद रखना दो दिन की भले ही ज़िंदगी है लेकिन हम अल्लाह को राज़ी वाले अमल करें हम अल्लाह को नाराज़गी वाले अमल से बचें हम जो अल्लाह को नाराज़ करें वो सारे अमल और वो सारे काम से बचें भले ही दो दिन की ज़िंदगी तो अल्लाह को राज़ी करने वाले अमल करेंगे अल्लाह के बदलाव अहकामों पर चलेंगे तो हमें सोच अपनी तब्दील करना है सोच और हम जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं इन सारी बातों को देखो समझना चाहिए जो आज लोग कह रहे हैं ना हमने बिल्कुल वही सेम बात बतलाई है लोग कभी ये भी कहते रहते हैं पैसा है तो सब कुछ है हमें कहना ईमान है तो सब कुछ है दो दिन की ज़िंदगी है खूब इंजॉय करो ये कैसी बातें है बेहुदा हैं दो दिन की ज़िंदगी है खूब इंजॉय करो मतलब हम यहाँ मौज मस्ती करने आए मेरे भाई दो दिन की भले ही ज़िंदगी दी है अल्लाह ने क्यों ना हम इस ज़िंदगी को अल्लाह को राज़ी करने वाले अमल करें अल्लाह को राजी करें और फिर उसके बाद हमें उसका इनाम भी मिलेगा अल्लाह ने दोनों चीज़ें रख दी हैं अगर अच्छे अमल करके आओगे तो अच्छी चीज़ है मतलब जन्नत है बुरे बुरेमल करके आओगे तो फिर वहाँ पर दो है ही है ही तो मेरे भाई ये ना सोचें कि खाली ये दुनिया में ही हमें तकलीफ़ें और वहाँ मिलेंगी मतलब यहाँ अगर सारे काम करोगे वहाँ भी अल्लाह ने सब कुछ बना रखा है अच्छे अमल करने वालों के लिए अच्छी चीज़ें और बुरेमल करने वालों के लिए बुरी चीज़ें तो हम दुआ करें कि अल्लाह तहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तोफ़ी कदा फ़रमाएँ और अपने अहकामों और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाया